आप सभी को मेरा अपनाम आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे हर्बल रेमेडीज एंड नेचर चीजर में आपका स्वागत है मित्रों आज हम एक हेज़ प्लांट की चर्चा करेंगे ड्यूरेंटा इरेक्टा पर्पल कलर के सुंदर फूल आप देख पा रहे हैं वर्बिनी कुल का ये प्लांट है और हेज़ के लिए बहुत कॉमनली इसको हम यूज़ करते हैं साथियों हेज़ के लिए हम इसलिए उपयोग में लाते हैं कि ये लगने के बाद किसी भी प्रकार के माइक्रोबियल और पेस्टिसाइडल अटैक से बचाता है आप इसके सुंदर लीव्स देख पा रहे होंगे और इस तरह की माइक्रोबियल और पेस्टिसाइडल अटैक से बचाने की हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करते समय होती है ताकि हमारी वांटेड क्रॉप के ऊपर किसी भी प्रकार का माइक्रोबियल या फंगल या बैक्टीरियल वायरल कोई इन्फेक्शन ना हो और कम से कम केमिकल स्प्रे करना पड़े उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम इसको उपयोग में लाते हैं साथियों इसके जो सुंदर लीव्स आप देख रहे हैं इनका भी हम उपयोग करते हैं और इसके फ्लावर्स का भी उपयोग में हम लाते हैं वर्बिनी कुल का ये प्लांट है ये लीवर की टॉक्सेंस को दूर करते हुए हमारी हेल्थ को अच्छा करता है इसके अंदर आप देखेंगे ब्रांचेस के माध्यम से इनकी कटिंग बनाकर हम लोग प्रोपिगेशन कर पाते हैं और अच्छे प्रोपिगेशन के लिए हम इनको हॉर्मोनल सोलूशन में डिप करते हैं आप इसके लिए आई का इस्तेमाल कर सकते हैं इंडोल बुटारिक एसिड प्रोपिगेशन के लिए हम इसकी कटिंग के एक एंड पे लगा देते हैं और इनको स्लेंटिंग हम लोग लगाते हैं अच्छे से आप सोइल को तैयार कर लीजिए वर्मी कंपोस्ट मिलाकर और स्लेंटिंग जब हम इसको लगाते हैं तो रूट्स डेवलपमेंट फास्ट होती है अब आप किस प्रकार से औषधि गुणों के लिए उसको उपयोग में ला सकते हैं आप इसके सुंदर फूल देख रहे हैं इनका आपको इन्फ्यूज़न बनाना चाहिए इन्फ्यूज़न बनाने के लिए आप दो सौ गर्म पानी ले लीजिए और उसके अंदर 20 ग्राम इसके सुंदर फूल डाल दीजिए और उसको छान लीजिए ठंडा होने के बाद और फिर आप इसको शरीर के टॉक्सिंस को दूर करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं यूनियनोजनाइटल प्रॉब्लम्स के लिए ला सकते हैं साथियों बार बार होने वाले मौसम में बुखार को दूर करने का कार्य करता है और इम्यूनोमोडुलेट्री एक्टिविटी इसकी होती है जब आप इसका सेवन करते हैं तो आप बदलते हुए मौसम में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग में ला सकते हैं इसके पत्र का पेस्ट बनाकर अगर आप लगाएंगे तो आप सभी प्रकार की स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर कर पाते कर पाएंगे होने वाले जॉइंट पेंट को दूर करने के लिए आप इसको उपयोग में ला सकते हैं स्किन के ऊपर अगर कोई फंगल ग्रोथ है तो उसको दूर करने के लिए उपयोग में लाते हैं मित्रों इसके जो सुंदर फूल और उसके गोल्डन कलर के जो येलो फल होते हैं उसको हम पिजन बेरीज़ भी कहते हैं कबूतर बहुत शौक से इसका सेवन करते हैं और गोल्डन कलर की होने के कारण हम उसको गोल्डन ड्यू ड्रॉप्स भी कहते हैं पत्तियों का उपयोग आप बुखार के निराकरण के लिए कर सकते हैं पत्तियों को काढ़ा बनाकर ये जो खमल पत्र आप देख रहे हैं इनका काढ़ा बनाकर आप उपयोग में ला सकते हैं और सभी प्रकार के बुखार को दूर करने के लिए पित्त का समन करते हुए ये ठीक करने का कार्य करता है बदलते हुए मौसम में जो इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज हो जाती है उसको बढ़ाने का कार्य करता है एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल एक्टिविटीज़ इस प्लांट की होती हैं वैसे तो हम ऑर्नामेंटल के रूप में इसको जानते हैं लेकिन किस प्रकार से ये हमारे स्वास्थ्य के संरक्षण में भूमिका निभा सकता है ये आज आप जान रहे हैं एलर्जी रिएक्शन्स को कम करने वाला होता है हिस्टामिन लेवल को रेगुलेट रखता है और होने वाली एलर्जिक रिएक्शन से हमें बचाता है काफ़ी अच्छे एप्लीकेशन इस प्लांट के हैंज़ के रूप में आप इसको उपयोग में लाते हैं आप इसको लगाते हैं ऑर्गेनिक कल्टिवेशन में विशेष लाभदायक होता है हमारी क्रॉप को ये सभी प्रकार के इंसेक्ट और पेस्ट के अटैक से बचाता है और हमारे लिए भी काफ़ी योगदान देने वाला होता है काफ़ी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वंडरफुल प्लांट है आप इसको सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं स्किन केयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं लीवर को डिटॉक्सीफाई करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं ब्लड ग्लूकोज के रेगुलेशन के लिए उपयोग में ला सकते हैं इसके सुंदर फूल का आप इन्फ्यूजन बनाकर सेवन कर सकते हैं साथ ही साथ इसके पत्र का डिकोक्शन बनाकर भी सेवन कर सकते हैं क्योंकि फूल हर मौसम में नहीं आते हैं तो पत्र का डिकोक्शन बनाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं ब्लड को प्यूरीफाई करने वाला होता है शरीर के टॉक्स को दूर करके लीवर को डिटोक्सीफाई करता है ज्वाइंट पेन इन्फ्लामेशन एक्जीमा सूरिए स्किन की प्रॉब्लम्स उन सबको दूर करने का भी कार्य करता है बुखार को दूर करने के लिए निमोनिया कंडीशन को सही करने के लिए आप इसको उपयोग में ला सकते हैं ये जो पर्पल सुंदर फूल इनका आप इन्फ्यूज़न बनाइए पत्र का काढ़ा पीजिए स्वास्थ्य को संरक्षित कीजिए जानकारी को साझा कीजिए सभी लोग इसके औषधीय गुणों से भी लाभ ले सकें सिर्फ इसको हैज़ के रूप में ही ना लें अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए आप इसको उपयोग में लाइए मित्रों कई बार ज़्यादा मात्रा में दवाओं के सेवन से लीवर के अंदर टॉक्सन्स काफ़ी बढ़ जाते हैं तो उनको भी दूर करने के लिए आप इसको उपयोग में ला सकते हैं नेचुरली शरीर की बीमारियों को ठीक करने का हील करने का ये कार्य करता है ये काफ़ी फैला हुआ है और काफ़ी ब्रांचिंग इसके अंदर हो जाते हैं इसीलिए इसको हैज़ के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको आप देख रहे होंगे इसकी जड़ को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसकी जड़ को निकाल कर, हम इसका डिकोक्शन बनाकर अगर सेवन करते हैं तो कई क्रोनिक बीमारियों का ये आसानी से ठीक करता है कैंसर जैसी बीमारियों में भी विशेष गुणकारी होता है एच कैंसर इन सब बीमारियों में हमारी इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है तो उसको भी बढ़ाने का कार्य करता है मूल रूप से लीवर के शोधन आधारित ये अपने थ्रोपेटिक प्रॉपर्टीज रखता है कल फिर मिल